सपने हर सपने का अपना अपना अर्थ होता है किसी का बुरा किसी का अर्थ अच्छा लेकिन सपने अपने में ही कोई ना कोई अर्थ लेके आता है आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि सपने में आम देखना आम क्या होता है फलों का राजा इसी रूप में सपने में अगर हमें आम दिखे तो हम हर ऊंचाइयों को पा लेते हैं मतलब हर एक मनोकामना पूर्ण होती है जिस प्रकार का हमारा जीवन है उसे सुख में बलता है अगर हमारे मन में कोई मनोकामना चल रही है तो वह पूर्ण होती है सब कुछ मिलता आम दिखने का मीनिंग और ये ही अगर आम अगर कच्चा है तो वह दिखना अच्छा नहीं होता जैसे आम भी रूप में दिखे तो वह अच्छा नहीं होता क्योंकि आम भी खट्टी होती है उसका फल अच्छा नहीं माना जाता लेकिन पका हुआ आम दिखना सपने में बहुत ही अच्छा माना जाता है चाहे वो हरा आम हो चाहे हो चाहे हो किसी भी प्रकार का पका हुआ आम दिखना बहुत ही शुभ होता है अगर किसी गर्भवती स्त्री को आम दिखे तो उसे समझ लो पुत्र संतान की उपलब्धि होगी ये बिल्कुल कंफर्म बात है कि आम दिखना सबके लिए बहुत ही शुभ होता है या फिर उसी के हिसाब से सब कुछ आ, आपके साथ होगा अगर वो ज्यादा मीठा होगा तो आपकी उतनी अच्छी लाइफ होगी सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो वी विल मीट इन नेक्स्ट वन बाय बायीज